प्रिय दर्शकों दर्शकों नमस्कार मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं विश्लेषण के इस कार्यक्रम में दिनांक 19 अप्रैल 2019 का दैनिक राशिफल कैसा रहेगा मेस से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए और आपके ग्रह गोचर सितारे क्या कहते हैं इस पर दृष्टि डालेंगे और आगे बने उससे पहले बताना चाहेंगे कि हमारा प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशी ग्रामे ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानतम जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधान नाम राशि न चिंता है तो हमारा शास्त्र भी यही कहता है कि जन्म राशि की प्रधानता दी जानी चाहिए नाम राशि की चिंता भी नहीं करनी चाहिए दर्शकों हमारा जो पंचांग है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है तो जो भी प्रभावी गणनाएं होंगी ये लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके होंगे चलिए दर्शकों अधिक समय ना लेते हुए हम आज के पंचांग पर भी दृष्टि डाल लेते हैं साथ ही साथ दर्शकों आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जन्म कुंडली विश्लेषण की जो है जो भी चीजें हैं वो हमने डाल दी हैं अपने चैनल पर तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया उसी पर कॉल करिए नाइन सिक्स टू वन डबल जीरो एट टू जीरो नंबर पर कॉल करेंगे तभी हम आपका फोन उठाएंगे अन्यथा नहीं उठा पाएंगे क्योंकि यही नंबर हमारे पास रहता है चलिए दर्शको पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं विक्रम संबद्ध दो हजार छिहत्तर सत संबंध उन्नीस सौ चालीस ऋतु है इसके उपरांत प्रतिपता लग जाएगी नक्षत्र रहेगा चित्र तदउपरांत स्वाति नक्षत्र लगेगा योग रहेगा हर्षण उसके उपरांत ब्रज योग रहेगा करण रहेगा विष्टि इसके उपरांत व इसके उपरांत बालो करण रहेगा अब आप लोग पूछते हैं कि ये योग क्या है ये करण क्या है, क्या है है और नक्षत्र तिथि क्या है तो देखिए पंचांग जो होता है ये पांच अंगों से मिलकर के बना होता है इसमें तिथि वार नक्षत्र योग करण ये पांच अंग पंचांग के हैं और शुक्रवार दिन रहेगा चंद्रमा का जो गोचर रहेगा प्रातः आठ बजकर छब्बीस मिनट तक तो चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे तदुपरांत ये तुला राशि में गोचर करेंगे और सूर्योदय सूर्यास्त की बात करें तो सूर्योदय होगा छह बजकर छह मिनट पर और सूर्यास्त की यदि हम बात करें तो सूर्यास्त होगा शाम को छह बजकर सत्तावन मिनट पर राहुकाल एक ऐसा काल एक ऐसा समय कि इस दौरान आप लोगों को शुभ कार्यों को नहीं करना है तो शुक्रवार के दिन का जो राहु काल होता है सुबह साढ़े दस से बारह बजे के मध्य का होता है और शुभ कार्यों को यदि करना होगा तो कोशिश कीजिएगा बारह मिनट से बारह मिनट तक कार्य कर लीजिएगा का। दिशा की बात करें तो शुक्रवार को जो है ये पश्चिम दिशा की ओर आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए शुक्रवार को पश्चिम दिशा की ओर यात्रा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए यदि करनी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा कि दही और मिश्री इसको खा करके आप यात्रा कर सकते हैं और हमने आपको पूर्व में बताया था कि जब आपको यात्रा करनी हो जिस दिशा में दिशाशूल होता है उसके की दिशा में आप पांच कदम चलिए उसके बाद फिर आप उस दिशा की ओर प्रस्थान करिए जिधर का दिशाशूल है पूर्णिमातिथि के बारे में हमने आपको पूर्व में बताया था कि पूर्णिमा तिथि को घी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपके बॉडी में ब्लड भी नहीं जाना चाहिए और जो पता थी थी या थी थी, को नहीं खाना चाहिए इसका इसका दान करना इसका करना दोनों ही, ही है है ग्रहों के गोचर की स्थिति क्या करती कहती है? तो चंद्रमा का हमने आपको बता दिया तुला राशि में चंद्रदेव गोचर करेंगे आठ अंश पर और जुपिटर शनि केतु ये धनु राशि में गोचर करेंगे हालांकि गुरु यहाँ पर <coughs> वक्री है शुक्र उच्च के हो गए हैं और बुद्ध नीच के हैं एक साथ देवगुरु बृहस्पति की राशि राशि में, में संचरण कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण योग भंग योग ये दो योग अभी के डेट में शुक्र चिथार्थ कर रहे हैं सूर्य उच्च के हो गए हैं मेष राशि में सूर्यदेव संचरण कर रहे हैं मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं राहु इस समय उच्च के हैं ये मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं तो ये तो थी दर्शकों ग्रहों की मेष राशि की ओर बढ़ते हैं कि कैसा रहेगा मेष के के तो के के रहे रहे धन के मामले में जो है जो भी बाधाएं आ रही थी दूर होती हुई नजर आएंगी वित्तीय आयोजन कर सकेंगे शरीर और मन से स्वस्थ रहेंगे मित्रों और पारिवारिक सदस्यों के साथ आज खूब आनंद में दिन बीतेगा अधिक लोगों के साथ आज में रहने को आपको अवसर प्राप्त होता हुआ प्रातः काल से यात्राओं का योग है किसी शुक सभा वगैरह में भी आज आप सम्मिलित हो सकते हैं उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को क्या करना होगा कि पूरा दिन इनका शुभ जाए तो जो मेष राशि के जातक रहेंगे कोशिश कीजिएगा कि आप लोग शिवलिंग पर आज दूध चढ़ाइएगा और दूध में थोड़ा सी इलायची आप लोग डाल दीजिएगा फिर अभिषेक करिएगा ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करिए आपके लिए आज का शुभ कलर रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा दो तो। चलिए हमारी अगली राशि आती है वृक्ष राशि कैसा रहेगा आज का दिन राशि के जातकों के लिए तो आज आप अपने वाड़ी के दम पर, अपनी आएंगे लोगों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध आपका रहेगा बौद्धिक चर्चा या बाद विवाद में सफलता प्राप्त होगी परिश्रम के अनुपात में आज कम सफलता मिलने पर मन थोड़ा सा अशांत रहेगा यात्राओं का योग है और आज आपको धन लाभ भी होता हुआ दिख रहा है पार्टनरशिप में यदि आज कोई काम कर रहे हैं तो सोच बिचार के के पर करना क्या देते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा और कोशिश कीजिएगा काले परिधानों से आपको बचना रहेगा शुभ कलर की आज हम आपके बात करें तो स्काई ब्लू कलर आपका शुभ कलर रहेगा अंक दो आपका भी शुभ अंक रहेगा मिथुन राशि की ओर बढ़ते हैं आज का राशिफल तो मिथुन राशि के जातकों महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आज आप दुविधापूर्ण अनुभव करेंगे माता और स्त्रियों के मामले में अधिक संवेदनशील बनेंगे विचारों की भरमार से आज मानसिक थकान अनुभव करेंगे पानी या अन्य तरल पदार्थ आज आपके लिए भयानक भा, साबित होंगे जल से आज, आज आपको हानि है आज आप प्रॉपर्टी के कार्य करने से थोड़ा सा बचिएगा कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई पेपर वगैरह है तो इस फॉर्मेलिटी को अच्छे से पूरा करिएगा तो मिथुन राशि के जातकों को आज उपाय क्या करना रहेगा ओम जूम सह मंत्र का आप लोग 108 बार ज्ञापन करिए और हो सके तो आज किसी कन्या को, को। शुभ कलर, के के तो कलर शुभ रहेगा रहे चलते हैं तो कार्य की सफलता और नया कार्य के शुभारंभ के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा मित्रों तथा स्वजनों के साथ आज की मुलाकात से मन आज का आपका बड़ा प्रफुल्लित होता हुआ नजर आएगा आर्थिक लाभ तथा समाज में मान सम्मान और मिलेगा शत्रुओं को आज आपके आपको आटा डालना रहेगा चीटियों को और ये शक्कर मिश्रित आटा आप डालिएगा तो अच्छा रहेगा चलिए कर्क के बाद जो हमारी अगली राशि आती है ये आती है सिंह राशि सिंह राशि के जात को आज आपको जो है व्यापार से लाभ होता हुआ दिखेगा भाई बहनों का जो है आपको लाभ मिलेगा आज उच्चाधिकारी आपके काम से बड़े प्रसन्न होंगे कोई नया टास्क आज आपको मिलेगा निर्धारित काम जो आपने लक्ष्य बना रखे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और अत्यधिक नेगेटिव विचार यदि आज आप मन में लाते हैं तो बहुत ज्यादा आज आपको तनाव मिलेगा बहुत ज्यादा टेंशन मिलेगा खास करके आज जीवन साथी के साथ आपको जो है सौहार्दपूर्ण संबंध बना करके रखना है हाँ आज पर स्वास्थ्य कुछ डाउन होता हुआ न, जो है, के को। जो के है कि आज देव को, आप लोगों को अर्घ देना रहेगा और यदि हो सके तो आप किसी अपंग व्यक्ति को कुछ मीठा जन्म दीजिए खाने को कन्या राशि पर आगे बढ़े उससे पहले फोन कॉल लेते हैं प्रणाम पूछना था जी पूछिए जल्दी पूछिए जो पूछना है लाइव चल रहा है टाइम है, ताँग है आपके पास जी फोर जी बोलते रहे जी दोनों जी इससे पहले किसी फैक्ट्री में या किसी लोहे से रिलेटेड आप काम करते थे क्या कुछ अच्छा मतलब लोहे से रिलेटेड ही था ना? ठीक, ठीक, ठीक है, तो है, तो तो है। जी। तो तक काम भाई साहब अभी हमें चार महीने का समय दिख रहा है शिवलिंग पर हाँ शिवलिंग पर डेली जल चढ़ाइए हल्दी एक चुटकी डाल के सूर्यदेव को नित्य अर्घ दीजिए ठीक है जी होगा बताए तो कि अभी टाइम है हमें अगस्त के बाद दिख रहा है चलिए कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं तो कन्या राशि के जात को आज की दृष्टि से दिन लाभदायक साबित होगा अच्छा आज, प्राप्त होती आएगी। तो आज कहते हैं कि आपको कोई जो है अचानक से लाभ होने वाला है पूर्व में किए गए निवेश से भी आज, आज आपको धन लाभ होता हुआ दिख रहा है उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को करना क्या रहेगा तो कन्या राशि के जातको आज कोशिश कीजिएगा की दुर्गा सप्तान तृतीय अध्याय का पाठ करिएगा और यदि हो सके तो गाय को आज आपको गुड़ और रोटी खिलानी रहेगी शुभ कलर के आपके हम बात करते हैं तो आपके लिए जो है आज का शुभ कलर जो रहेगा ये ग्रीन रहेगा शुभ अंग की बात करते हैं तो अंक अंक आपका शुभ रहेगा तुला राशि हैं तो आज आपकी और व्यवहार को में रखना अन्य व्यक्तियों या कुटुंबी जनों के साथ उग्र बोलचाली होने की संभावना है आज जो आप पूर्व में अच्छा कर्म करते आए हैं उसका कुछ आपको फल मिलेगा किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से आज, आज आपकी मुलाकात होगी आय की अपेक्षा आज खर्च की मात्रा अधिक रहेगी जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे मधुर रहेंगे घूमने फिरने आप लोग आज बाहर जा सकते हैं और लेकिन आज, आज आपका बजट कुछ असंतुलित होता हुआ भी देखिए देखिए लग रहा है दुविधाएं और समस्याएं जो भी आए कि इसको आप हर ले जाएंगे उच्चाधिकारियों से आज आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे कोई आपको स्थान परिवर्तन का भी योग या कोई आपको टास्क मिल सकता है उपाय के लिए क्या करना है तो आज कोशिश कीजिएगा कि इत्र का दान किसी महिलाओं को करें तो अच्छा रहेगा शुभ कलर की बात करें तो व्हाइट शुभ अंक रहेगा सात वृश्चिक राशि की ओर चले उससे पहले देखिए एक फोन कॉल उठा लेते हैं हेलो हाँ जी राम राम राम राम बताइए आप लोग क्लियर करिए इतना आप लोग बोलते हैं कि समझ में नहीं आता हेलो प्रणाम प्रणाम तो क्या बात है दो तरीक तीसरा महीना उन्नीस सौ जी हेलो हेलो अच्छा आ, मेर, मेरे मुझे ना बहुत परेशानी है किससे पत्नी के साथ नहीं नहीं नहीं अच्छी परेशानी है अच्छा जी राहु की दशा चल रही है राहु के मंत्रों का जाप करिए और डेली दुर्गा सप्तशदी के सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का भी आप पाठ करिए शिवलिंग पर डेली आपको दूध चढ़ाना रहेगा ठीक है।, है जी तो वृश्चिक राशि की चलते हैं तो वृश्चिक राशि के जातकों प्रातः काल से यात्राओं का योग बन रहा है मांगलिक कार्य आज कुछ होते हुए नजर आ रहे हैं, संपन्न होते आ रहे हैं उसमें नौकरी धंधे में बड़े अच्छे अवसर आज आपको मिलने वाले हैं आज आपके आय में वृद्धि होगी और दोस्तों के साथ आज कहीं घूमने फिरने आप बाहर जा सकते हैं स्त्री मित्रों से लाभ होने का योग है बुजुर्गो के सहयोग से प्रगति आज आपकी होती हुई नजर आएगी और यदि आज आप यात्राओं पर जा रहे हैं तो वाहन वगैरह सावधानी चलाइएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज दुर्गा चालीसा का आप लोगों को पाठ करता है और शुभ कलर की आपके हम बात करें तो आज के लिए आपका येलो कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो तीन अंक आपका शुभ रहेगा धनुराशि के जात आर्थिक और व्यापारिक आयोजन करने के लिए आज का दिन शुभ है कार्य सफलता पूर्वक का आज आपके सम्पन्न होंगे परोपकार की भावना आज, आज आपके अंदर रहेगी आमोद प्रमोद के साथ आज आपका दिन व्यतीत होगा नौकरी व्यवसाय में पदोन्नति और मान सम्मान आज प्राप्त होता हुआ नजर आएगा वही जो धनु राशि के जातक हैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ आज ये कोई नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं स्टूडेंट वर्ग के लिए भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा की सूर्यदेव को आज आप अर्घ्य दीजिए और आदित्य स्त्रो का पाठ करिए शुभ कलर की बात करें तो येलो कलर आपका शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करें तो आठ अंक आपका शुभ अंक रहेगा कैप्रिकॉन मकर राशि तो मकर राशि के जातकों आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा बौद्धिक कार्यों और व्यवसाय में कोई नई विचारधारा आज आप अमल में लाएंगे लेखन और साहित्य से संबंधित प्रवृत्तियों में आपकी सृजनात्मकता दिखाई देगी मन के किसी जो है कोने में आज कोई यदि आप सब पाल रखें तो इसका कोई इलाज नहीं अपने मन से निकाल दीजिए और शारीरिक थकान और उभन आज, आज आपके बहुत ज्यादा होती हुई नजर आ रही है तो मकर राशि के जो जातक रहेंगे अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिएगा दूसरा वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा तीसरा संतान पक्ष से लेकर के आज आपको हो सकता है कि कोई न्यूज़ सुनने को मिले तो अपने बुद्धि विवेक और के बुझ के बल पे आज आप इससे निपटिएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप करिए और हो सके तो आज आप लोग जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाइए और मेहंदी का दान आप लोग करिए कुंभ क्रोध के के तो की भावना आप अनुभव करेंगे खर्च बढ़ेगा वाड़ी पर संयम न रहने के कारण परिवार में मनमुटाव और झगड़े होने की संभावना है स्वास्थ्य खराब होगा दुर्घटना से आज, आज आपको बचना रहेगा कुंभ राशि के जातको जी दुर्घटना से आज आपको बचना रहेगा मतलब वाहन बिल्कुल सावधानी पूर्वक आज आपको चलाना है और घर परिवार में कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद भी आज उभर कर सामने आएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज ललिता सहस्त्र नाम का आप लोग पाठ करिए और यदि हो सके तो एक पाठ हनुमान चालीसा का भी करिएगा शुभ कलर की बात करें तो ब्राउन कलर है शुभ अंक की बात करें तो सात अंक शुभ है चलिए अंतिम राशि पर चले उससे पहले एक लास्ट फोन कॉल ले लेते हैं हेलो हाँ जी प्रणाम जी प्रणाम थोड़ा सा लाउड बोलिए जल्दी बोलिए ठीक है जी जी जी, जी।, जी। कुछ कर्जे वगैरह में भी आप डूबे हैं इस समय तो तो भाई साहब प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ स्टार्ट कर दीजिए पूर्णा वाले दिन श्री सूक्त के पाठ से हवन करिए खीर से ठीक है और हो सके तो साल में एक बार ये जो उपाय हम आपको बता रहे हैं ये हमारे वेदों में लिखे हैं। वर्ष में एक बार रुद्राभिषेक करवाइये गन्ने के रस से ये प्रयोग करिए और कोशिश कीजिएगा आकर के मिल लीजिए ली या कुंडली का विश्लेषण अपने करवा लीजिएगा तो फोन पे करवा सकते हैं ठीक है जी क्या क्या पहने हैं है हम्म तो उतार के फेंक दीजिए नहीं कैटसाई को लहसुनिया को तो पन्ना आप पहने रहिए ओपल भी आप पहने रहिए तो भाई साहब आपको हम उपाय ही तो बताए हैं आप उपाय कर करेंगे तब फायदा होगा ना हमसे बात करके हमारी बातें सुनने से कुछ फायदा नहीं होगा तो, हमें है। हाँ तो हम तो तो कि आप ठीक है जी तो अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी जो अंतिम राशि आती है ये आती है मीन राशि कैसा रहेगा मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो आज का दिन सुख शांति से व्यतीत होगा व्यापारियों को जो है आज पार्टनरशिप में यदि कोई काम करते हैं तो समय उत्तम रहेगा मित्रों का साथ मिलेगा और पुराने मित्रों से या स्वजनों से मुलाकात होगी सार्वजनिक जीवन में प्रसिद्धि मिलेगी उत्तम वैवाहिक सुख आज आपको प्राप्त होगा जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे आज सरकारी क्षेत्र में यदि आप हैं तो स्थानांतरण का योग बन रहा है उपाय क्या करना रहेगा मीन राशि के जातकों को तो मीन राशि के जातको कोशिश कीजिए कि आज आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए और दुर्गा जी के बत्तीस नाम का आज आपको पाठ करना जब करना रहेगा एक बार शुभ कलर की आपके बात कर लेते हैं तो आज आपका पिंक कलर शुभ रहेगा शुभ अंक की बात कर लेते हैं तो अंक दो आज आपके लिए शुभ अंक रहेगा और चलिए दर्शकों ये तो था हमारा राशिफल अब पढ़ते हैं कमेंट की ओर शेखर विश्वकर्मा जी देखिए जुड़ गए शेखर जी राम राम और दत्ता पवार जी हैं मनोज कुमार जी शिल्पा शर्मा जी हैं है विनय कटियार जी हैं इंदु सहगल जी हैं मीनू विश्वकर्मा जी हैं बिमलेश पांडे जी हैं और मीनू विश्वकर्मा जी लिखते सर जी आपके उपायों से बहुत फायदा हुआ है मीनू जी बस हमारे उपाय नहीं है ईश्वर के उपाय है और ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त हुई है रोहन देहरादून से हैं रोहन जी नमस्कार जी और आदर्श जी हैं और शिल्पा शर्मा जी हैं और शेखर विश्वकर्मा जी अनिल अरोरा जी सभी लोगों को हमारा ढेर सारा जो है नमस्कार जो छोटे लोग हैं इनको आशीर्वाद और बड़े लोगों से हम आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं इन्हीं अपेक्षाओं के साथ हम अपनी वारी को यहाँ पर विराम देते हैं मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में और आज हमने अमित शाह जी की कुंडली का विश्लेषण किया है आप लोग हमारी चैनल की प्ले में जाइए या अभी रिसेंट में ही अगर आप चैनल पर जा करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आप लोग भी वो वीडियो जरूर देखते उसमें ज्योतिष के कुछ सिद्धांत मूलभूत बताए गए हैं उनके माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है तो आप लोग भी कुछ थोड़ा बहुत काम चलाऊ चीजें सीख सकते हैं देखिए सीखते सीखते ही कोई चीज आती है तो कैसा लगा प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए